पानी खावे रे गोरी गोरी लिया तू सुन जा सुन के भागवा के में मुद्दे पत्ते कई सारे कर में पानी